दोस्तों क्या होगा जब 1000 फीट लंबी स्ट्रो से पी जाए? दोस्तों एक्सपेरिमेंट टीवी यूट्यूब चैनल ने किया था जिसमें सौ फीट लंबी 10 पाइप को एक साथ जोड़ा गया दोस्तों ये भाई से चालू कर देता है दोस्तों पूरा एक्सपेरिमेंट रुक रुक करना पड़ेगा वरना इसकी सांस फुल जाएगी और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा दोस्तों कोल्ड से नजदीक आते आते भाई को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है भाई को और ज्यादा तकलीफ होती है और भाई गला दर्द करने लगता है दोस्तों पूरे थर्टी मिनट से लग जाते हैं भाई को पांच फीट कोल्ड से खींचते खींचते है लेकिन लास्ट में ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस फुल हो जाता है लेकिन गाइस इस कोल्डिंग्स ड्रिंक्स का टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है थैंक्स फॉर वॉचिंग